हेलो माय डियर फ्रेंड्स ए एस क्लब में आपका स्वागत है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन का दाम दिन प्रतिदिन गिर रहा है इसकी बहुत सारी वजह हैं लेकिन इसकी दो खास वजह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें और कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि वीडियो की कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सी के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर लग चुका है अब तक सबसे बड़ा जुर्माना, जुर्माना की पूरी रकम दो अरब पचास करोड़ डॉलर है हाँ जी दो अरब पचास करोड़ डॉलर है जिसमे की वन पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर का जुर्माना एस द्वारा लगाया गया है एस सी सी क्या है एस सी का मतलब है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन और करीब 624 मिलियन डॉलर का जुर्माना कॉम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग है, है। उल्लंघन करने पर एक सौ तिरासी मिलियन डॉलर सेक्शन वायोलेशन के लिए जीरो पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर और कई अलग अलग मामलों पर आठ दशमलव पांच मिलियन डॉलर का जुर्माना लगा है चलिए माई डियर फ्रेंड साथ ही साथ जान लेते हैं बीते एक हफ्ते से बिटकॉइन में लगातार गिरावट देखने के लिए क्यों मिल रही है? तो ज्यादा माइनिंग बैन कर दी थी और उसके बाद थाईलैंड में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एस सी सी ने भी क्रिप्टो करेंसी और एन एफ टी पर अत्यधिक सट्टेबाजी की चिंता चटाते हुए इन पर लगा दिया था आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ ए एस क्रिप्ट क्लब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू फॉर वॉचिंग